आप लोगों का अपने करता हूँ की आप लोग सुस्तों मस्तों गाइज मैं आप लोगों लोग के लिए एम एस ऑफिस पैकेज में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ जैसा की आप लोग जानते हैं मैंने एम एस ऑफिस पैकेज में फर्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था जो की इंट्रोडक्शन था एम ऑफिस पैकेज के बारे में मैंने आप लोगों को उर्लित आपको बताया हुआ था की एम ऑफिस पैकेज है क्या उसको डेवलप कब किया गया उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं मीन्स कहने का मतलब यह है सूट के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट आते हैं उसका मैंने आप को बताया हुआ था तो आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर और कम्प्लीटली एमएसऑफिस स्वीट के अंतर्गत आने वाले सारे कंटेंट के बारे में बताऊंगा तो इस चैनल पर आप लोगों को एम ऑफिस का कम्प्लीट एक एप्लीकेशन करके कम्प्लीट पढ़ाया जाएगा वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जिसमें आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा तो चैनल पर आप लोग बने रहें और वीडियोस को आप लास्ट तक देखें तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पावेगा तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो तो उसे आप लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ये फ्री क्लासेस प्राप्त तो हो सके तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एम ऑफिस स्ट्रीट के अंतर्गत आने वाले एप्लीकेशन को हम देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं आगैज तो आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को प्रैक्टिकली ओपन करके मैं दिखाऊंगा। बिकॉज जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था और औरली सारे एप्लीकेशंस के बारे में बताया था जैसे एम एस क्या है एम वर्ड का यूज़ क्या है एम एस का यूज़ क्या है पावर क्यों हम यूज़ करते हैं एक्सेस क्या होता है इन सब के बारे में मैंने ओरली आप लोगों को बताया हुआ था आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एम एस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जो आने वाले कंटेंट हैं उनको हम ओपन कैसे करते हैं कहां से जा करके उसको हम ओपन करते हैं उनका पार्ट ऑफ विंडो क्या है उसका जो आउटलुक है वो किस तरीके से दिखता है वो कंप्लीटली हम जानेंगे तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं आप देख पा रहे हैं मेन विंडो पर हम हैं अभी यहाँ से हम विंडो की मींस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आल प्रोग्राम्स में जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोस्ट यूज्ड रीसेंट्स फाइलें जो हैं वो दिख रही हैं यहां से हम एलिवेटर को एलिवेट करके नीचे आएंगे अब देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक स्वीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नेम से है और एक लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू थाउजेंड ये दो स्वीट हैं एम ऑफिस के ये जो आपका फर्स्ट दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये स्वीट आपका 2007 का है और जो नीचे का आपका दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ये न्यू वर्जन है अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ से हम एक एक करके दोनों में हम एप्लीकेशन का जो पार्ट ऑफ विंडो है उसका जो फर्स्ट लुक है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे तो सर्वप्रथम हम माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस टू में चलते हैं और यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो चूंकि सबके बारे में एक वीडियो में बता पाना संभव है नहीं चूंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो तो सर्वप्रथम इसमें से हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर जो एप्लीकेशन का नॉलेज आपको सबसे पहले लेना चाहिए एमएस ऑफिस स्वीट के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड टू थाउजेंड यदि हम क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड का फर्स्ट लुक आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका सबसे मेन यूज होता है किसी भी कंपनी में कोई भी रिज्यूमे क्रिएट करना है मेलिंग से रिलेटेड वर्क करना है मेल मेलमर्स या फिर हमें चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना है या हमें कोई सेफ जनरेट करना है कह सकते हैं कोई प्रिंट लेआउट रिलेटेड वर्क करना है कोई भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है चाहे वो अपने एम्प्लॉज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो कस्टमर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो या ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट मैनेज करना होता है तो हम एम वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत करते हैं जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की ये विंडो दिख रही है हालांकि मैं एक एक, एक, एक एप्लीकेशन को डीपली पढ़ाऊंगा आज मैं उसका कुल पार्ट ऑफ आप विंडो आपको दिखा रहा हूँ आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के विंडो में हम आ चुके हैं यहाँ सबसे ऊपर टाइटल बार दिख रहा है आपको ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पर ऑफिस बटन है और ये मेनू ऑप्शंस हैं जिससे रिलेटेड रिबन ओपन है आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में हेल्प का सिंबल है फिर ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसे हम रिबन कहते हैं जो ऑप्शन होते हैं किसी भी मेन्यू के अंतर्गत वो रिबन में प्रोवाइड होते हैं जैसे इंसर्ट के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन रिबन में शो so कर रहे हैं और ये रिबन छोटे छोटे पार्ट में बटा होता है जिसे हम टैप्स कहते हैं पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वर्ल्ड के वीडियो जिसने भी मेरी देखी हुई है उसमें मैंने रिबन और टैप्स के बारे में कम्प्लीटली बताया हुआ है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रूलर आपको शो कर रहा है ये हॉरजेंटल रूलर है मैं इस पॉइंटर के माध्यम से बता रहा हूँ और ये आपका वर्टिकल रूलर है और ये जो लेआउट आपके सामने दिख रहा है जो पेज दिख रहा है इसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं यह आपका राइट साइड में आपका स्क्रॉल बार दिख रहा है उसके अंतर्गत एलिवेटर है जिससे हम इस पेज को कम्प्लीटली अप एंड डाउन कर सकते हैं नीचे आप देख पा रहे हैं स्टेटस बार आपको शो कर रहा है और इधर फाइव टाइप व्यूज शो कर रहे हैं जिसमें प्रिंट लेआउट है फुल स्क्रीन रीडिंग है वेब लेआउट है आउटलाइन एंड ड्राफ्ट पेज है यह आपका जूम स्लाइडर दिख रहा है जहां से हम जूमिंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं नीचे आपका टास्क बार दिख रहा है तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का फर्स्ट लुक पार्ट ऑफ विंडो में मैंने आपको बता दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट एंड फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट तो चलते हैं हम यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं वैसे अगर हम इसको मिनिमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं यहीं से हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे यहाँ से रिस्टोर कर लेंगे और यहीं से हम क्लोज़ कर सकते हैं तो आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस तरीके से ओपन करते हैं और उसकी पार्ट ऑफ विंडो क्या है उसका फाइल नेम एंड एक्सटेंसन क्या है तो पुनः हम चलते हैं स्टार्ट पर और यहाँ पर जाते हैं नीचे हम आते हैं और माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस पर ही चलते हैं यहाँ हम क्लिक कर देते हैं और अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सल पर आपको मैंने बताया कि यहाँ जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड हमने ओपन किया अब हम यहाँ चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सल को ओपन करते हैं यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सल ओपन होकर के आ जाएगा यहाँ भी आप देख पा रहे हैं एक्सल की ये आप विंडो आपके सामने आ चुकी है एक्सल का जो फाइल नेम होता है वर्कबुक कहते हैं या इसे स्प्रेड कहा जाता है आप देख पा रहे हैं करके लिखा हुआ और यहाँ पर आपका ये रिबन है होम का रिबन है इंसर्ट का रिबन है इस तरीके से हर एक मेन्यू ऑप्शन का रिबन ओपन होकर के आता है और रिबन के जो छोटे छोटे पार्ट है इसे हम टैप कहते हैं जैसे क्लिप बोर्ड टाइप है फॉन टाइप है तो इसको में डीपली आपको एक एक करके एप्लीकेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा नीचे आते हैं ये नेम बॉक्स है ये फॉर्मूला बार है और ये आपका वर्कशीट है वर्कशीट जहां पर हम काम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कार्ड सेल जब एक रो और कॉलम आपस में राज्य करते हैं तो जो इमेज बनता है जो बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं तो इसको मैं डीपली आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये आपका है वर्कशीट राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार्स हो कर रहा है डाउन में आप देखें यह सी टैब है और यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार है, बार में एलिवेटर है आपका। नीचे आपका है, है और ब्रेक है। यहां जूम स्लाइडर है नीचे सबसे नीचे आपको टास्क बार दिख रहा है तो ये एक पार्ट ऑफ विंडो है मैंने बहुत जल्दी में बताया आप लोगों को चूंकि ये सारी चीजें हम डीपली स्टेप बाय स्टेप एक एक एप्लीकेशन को हम पढ़ाते जाएंगे अभी मैंने इसके पार्ट ऑफ विंडो इसका जो फर्स्ट लुक आपके सामने आया उसके पूरे विंडो के पार्ट से मैंने आपको रूबरू करा दिया है तो इसका फाइल नेमको बताया या, कहते है, जो होता है, .xlsx होता है। इसको मैं डीपली आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं और चलते हैं अगले एप्लीकेशन को हम देखते हैं हम पुनः स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और हम आल प्रोग्राम्स में आ जाते हैं और यहाँ से हम एलिवेटर को एलिवेट करके नीचे आते हैं और अब देख पा रहे हैं हमें आना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर जो है आपका पावर में हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं इसका फाइल नेम भी प्रेजेंटेशन ही होता है और इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट होता है आज के टाइम में किसी भी ऑफिस में या किसी भी कंपनी में या किसी प्रोडक्शन कंपनी में यदि आप काम करते हैं यदि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उस प्रोडक्ट के जितने भी उसकी विशेषताएं उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विशेषता है उसकी जो गुणवत्ताएं हैं वो सारी चीजें हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप व्यक्त कर सकते हैं मीन्स कहने का मतलब है किसी भी दृश्य को या किसी भी विषय को व्यक्त करना है तो इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन तक स्टार्टिंग टू एंडिंग उसकी सारी विशेषताओं को हम स्लाइडों के मिक्सअप करके एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिससे वह विषय आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो ये प्रस्तुतिकरण का सबसे वेस्ट तरीका होता है इसलिए प्रेजेंटेशन आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका यूज हर प्रकार के बिजनेस में देखा जा रहा है तो प्रेजेंटेशन आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन होकर किया गया है आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर टाइटल बार है जस्ट नीचे आपका मेन्यू बार है जिसे हम स्टार्टिंग में आपका ऑफिस बटन जिसे फाइल भी कहा जा सकता है जो आपके अपडेटेड वर्जन आए हैं यहाँ पर ऑफिस बटन को हटा करके फाइल दे दिया गया लास्ट में हेल्प है आपका जैसा कि मैंने पिछले एप्लीकेशंस में आप लोगों को बताया कि ये आपका मेन्यू ऑप्शन की रेबन ओपन होकर के आती है जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं और उससे रिलेटेड उसके ऑप्शन रेबन में शो कर जाते हैं और यहाँ आपको स्लाइड आउटलाइन दिख रहा है जिसमें स्लाइडो का छोटा छोटा व्यू आता है और ये आपका स्लाइड है यहाँ पर हम काम करते हैं स्लाइडें बनाते हैं नीचे आपका नोट पेज होता है और उसके नीचे आपका आ जाता है स्टेटस बार इधर आपका नॉर्मल व्यू है शॉर्टर व्यू है एंड स्लाइड सो व्यू है और ये आपका zoom स्लाइडर होता है सबसे नीचे आपका टास्क बार है तो ये है आपका प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट का विंडो इसका जो फर्स्ट लुक आपके सामने प्रेजेंट हुआ है तो शायद ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो क्योंकि ये वीडियो मेरा केवल आपको उस एप्लीकेशन से परिचित कराने के लिए है तो हम चलते हैं यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और पुनः हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और आल प्रोग्राम्स में आ करके हम यहाँ से फिर से ऑफिस टैब पर जाते हैं और यहाँ पर ऑफिस स्वीट को ओपन करते हैं और इसमें जो नेक्स्ट कंटेंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक्सेस एक आपका डेटाबेस एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये इसका स्टार्टिंग व्यू है यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं आप चुनाव करते हैं कि हमें किस वे में एम ऑफिस एक्सेस को ओपन करना है हम चाहें तो ब्लैंक डेटाबेस ले सकते हैं हम चाहें तो रिसेंट स्लें ले सकते हैं और हम चाहें तो टेम्पलेट्स के माध्यम से ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं ब्लैंक डेटाबेस लेकर के यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और हम आ जाते हैं एक्सेस की मेन विंडो पर ये आपके सामने एक्सेस ओपन होकर के आया। एक्सेस का फाइल नेम होता है डेटाबेस तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का जो एक्सटेंसन है डॉट होता है पुराने वर्जन टू एंड टू जो आपका एम ऑफिस होता था उसमें इसका एक्सटेंशन डॉट एम होता था बट अब इसे डॉट ए के नाम से जानते हैं इसका जो एक्सटेंशन नेम है और फाइल नेम तो डेटाबेस है ये आपका आर डी बी एम एस प्रोग्राम होता जिसे बोलते है तो आप देख पा रहे हैं डेटाबेस आपके सामने ओपन होकर किया गया है इसमें भी सबसे ऊपर टाइटल बार होता है क्विक एक्सेस्ट्र है ये मेनू बार है और यहाँ रिबन ओपन होकर के आया है ये आपका जो साइड में दिख रहा है आउटलाइन के फॉर्मेट में इसे नेविगेशन पैन कहा जाता है और ये जो आपको दिख रहा है इसे टेबल भी बोलते हैं या डेटा सीट भी बोलेंगे ये आपका नेविगेटर है नेविगेटर के नीचे आपको स्टेटस बार दिख रहा है और स्टेटस बार के नीचे आपका टास्क बार होता है जो कि हर विंडो में आपको मिलता है ये हमेशा प्रेजेंट रहता है बिकॉज ये आपको शो करता है कि आप किस टास्क पर काम कर रहे हैं और यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को जा करके ओपन करना चाहें फाइल को ओपन करना चाहें तो हम डायरेक्टली यहाँ से जा के कर सकते हैं इसलिए ये आपके हर एप्लीकेशन में प्रेजेंट रहता है।, इसको आप कर सकते हैं। वो अलग बात है तो आप देख पा रहे हैं। ये है आपका Word, Excel, को हम के वर्जन में करके देखते हैं और वहां देखते हैं कि इसका लुक कैसा है इसका इंटरफेस कैसा है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टार्ट पर चलते हैं और यहाँ से एलिवेटर से हम इसको एलिट करके नीचे आते हैं और चलते हैं माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस 2013 के सूट पर हम क्लिक करते हैं आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ढेर सारे कंटेंट्स आपको प्रेषित हो रहे हैं तो इनमें हम आपको एमएस वर्ड एक्सेल एक्सल पावर पॉइंट था एक्सेस एप्लीकेशन का जो विंडो का आउटलुक है वो हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएँगे और आप चेंजेस को भी देख पाएंगे जो आपको टू से और थर्टीन में जो चेंजेस आपको मिल रहे हैं आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में हम ओपन कर रहे हैं अब आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होकर के आया और यहाँ सबसे फर्स्ट सेलेक्शन करना आपको कि आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं या फिर आप टेम्पलेट्स को ओपन करते हैं तो हम चलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का फर्स्ट लुक आ गया है यहाँ पर आप पार्ट ऑफ विंडो देखेंगे यहाँ भी सबसे ऊपर टाइटल बार आपके सामने प्रेजेंट है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट एंड वर्ड लिख के आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है यहाँ आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा लुक चेंज है मैंने अभी पिछले एप्लीकेशन में आपको बताया कि 2007 में ऑफिस बटन होता है जो कि फाइल का एक सिंबल है यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑफिस बटन हट कर के फाइल आ गया है और इस तरह से आपका ये मैन्यू बार हो गया सबसे ऊपर टाइटल बार क्विक एक्सेस टूल बार मैन्यू बार एंड मेन्यू रिबन ये आपका वर्क एरिया जो आपको दिख रहा है ये आपका प्रिंट लेआउट व्यू है और इधर आपका एलिवेटर एंड स्क्रॉल बार शो कर रहा है नीचे आपका स्टेटस बार है और सबसे नीचे आपको टास्क बार दिख रहा है इसमें भी पेजेस व्यू हैं और जूम स्लाइडर है इनके बारे में मैं डीपली आप लोगों को जब मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना तो एक एक एप्लीकेशन को आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाऊंगा अभी मैं आज आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एम एस वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ किसी भी ऑफिस या किसी भी प्रकार के बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए मैनेज करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या मेलिंग्स रिलेटेड वर्क है डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क है या रिज्यूमे क्रिएट करना है एम्प्लॉय का कोई भी डिटेल भरना है वो सारा काम हम यहाँ पर कर लेते हैं तो ये आपका एम एस हमने यहाँ से इसको क्लोज करा अब हम चलते हैं एक्सेल को देखते हैं एक्सेल का व्यू किस तरह से शो कर रहा है इसमें आप यहां से जा करके चेक करेंगे हम नीचे आ जाते हैं और चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के स्वेट पर और यहां से एक्सेल 2013 को ओपन करते हैं आप देख पाएंगे एक्सेल ओपन हो रहा है यहां भी आपको दे रहा है कि आप टेम्पलेट्स लेकर के काम कर रहे हैं यदि आपको आइडिया नहीं है कि एक्सेल को हम यूज किस लिए करते हैं तो यहाँ से आप फॉर्मेट्स लेकर के काम कर सकते हैं सो हम ब्लैंक बुक पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन होकर के आ जाती है आप देख पा रहे हैं ये है एक्सेल जिसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं इसका फाइल नेम वर्क है यहाँ पर बुक वन शो कर रहा है जैसे पिछले विंडो में मैंने आप लोगों को डीप जैसे पिछले विंडो मैंने आपको पूरा पार्ट ऑफ विंडो एक्सेल का बता दिया है तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं सारी चीजें वही है कुछ अलग नहीं है बट आपका जो आउटलुक है इसका थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है तो हम एक्सेल वर्क बुक पर हैं और इसका फाइल नेम जैसे मैंने बताया वर्कबुक या स्प्रेडशीट कह सकते हैं यहाँ भी आपका टाइटल बार क्विक एक्सेस टूल बार मैन्यू बार रिवन नेम बॉक्स फार्मूला बार आपका वर्कशीट सीटेड टैप एंड स्क्रॉल बार प्रजेंट है नीचे आपका स्टेटस बार एंड आपके सीट का व्यू है नॉर्मल व्यू है प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट भी बोल सकते हैं एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू है टास्क बार अवेलेबल है तो यह है आपका एक्सल का व्यू एक्सल में हम अकाउंटिंग रिलेटेड बिल क्रिएट करना सैलरी डिटेल्स बनाना एसेट्स रिपोर्ट बनाना लोन लाइविटीज रिपोर्ट बनाना कस्टमर डिटेल बनाना अपने स्टॉक को मेंटेन करना ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से टेबल क्रिएट करना पाइवेट टेबल बनाना चार्ट को डिज़ाइन करना अलग अलग टाइप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना फ़िल्टर फिल्टर करना सॉर्ट्स यूज करना मेनी टाइप फॉर्मूले यूज करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है किसी भी बिजनेस से के दृश्य देखा जाए तो हम चलते हैं यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हम चेक करते हैं पावर पॉइंट की विंडो को हम पुनः एलिवेटर को मूव करते हैं नीचे की तरफ और आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 स्वीट पर और यहां से हम पावर को ओपन करते हैं आप देख पा रहे हैं पावर 2013 आप देख लें पावर का भी जो ओपन होने का फॉर्मेट है चेंज है यहाँ भी मेनी टाइप आपको टेम्पलेट फॉर्मेट दिख रहे हैं थीम्स दिख रही है यहाँ से हम किसी थीम को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं बट हम चलते हैं अभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर बिकॉज इसका हमें फर्स्ट व्यू फर्स्ट लुक देखना है तो आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का जो फाइल नेम है प्रेजेंटेशन आपको टाइटल पर मिल रहा है और आपके सामने पावर पॉइंट का विंडो ओपन होकर के आ गया है इस विंडो में भी सेम उ वही सारे विंडो पार्ट हैं जो अभी मैंने टू में आपको दिखाया है यहाँ भी टाइटल बार है मेनू बार है रिबन है एक मेन चेंजेस आपको दिख रहा है एक तो लुक चेंज है दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑफिस बटन की जगह पर फाइल दिख रहा है और मैक्सिमम ऑप्शंस सेम है कोई चेंजेस विशेष नहीं है कुछ चीज़ें इसमें ऐड हैं तो कुछ इसमें से हटाई गई हुई हैं जैसी आवश्यकता अपग्रेडेड वर्जन में चेंजेस हो करके आते हैं तो यहाँ पर भी टाइटल बार है क्विक एक्सेस्टुल बार है मैन्यू बार है आपका रिबन है ये आपका स्लाइड आउटलाइन कह सकते हैं इसे ये आपका स्लाइड व्यू है और आपका नीचे स्टेटस बार है टास्क बार है तो ये है आपका प्रेजेंटेशन तो यहां से हम इसको तो क्लोज करके बाहर आ जाते हैं अब हम चलते हैं यहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस को ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन में यहां पर क्लिक करते हैं और यहां एक्सेस 2013 पर क्लिक करते हैं यहां पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक्सेस की विंडो आपके सामने ओपन होकर के आएगी आप देख पा रहे हैं अदर विंडोज की तरह से ही यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से आपको शो कर रहा है कि आप किस टाइप का एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं यदि आपको ब्लैंक डेटाबेस लेना है बिकॉज हम आपको एक्सेस के फर्स्ट लुक से परिचित करा रहे हैं तो यहाँ से हम ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ से इसको हम क्रिएट करेंगे और आपके सामने एक्सेस का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एक्सेस का फाइल नेम डेटा होता है यह एक आर डी प्रोग्राम होता है और इसका एक्सटेंशन होता है .accdb। ए यहाँ भी आपका सबसे ऊपर टाइटल बार होगा तो एक्सेस टुल बार मैन्यू बार मैन्यू रिबंस आपके सामने प्रेजेंट है और ये साइड में आपको जो दिख रहा है जहां पर आपको टेबल शो कर रहा है इसे हम नेविगेशन पैन कहते हैं जो आप देख पा रहे हैं यह है आपका डेटा सीड व्यू नीचे आपका नेविगेटर है स्टेटस बार एंड टास्क बार है जिस व्यू पर हम होते हैं वो स्टेटस में शो करता है। तो ये आपका एक्सेस है, है, है आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में भी चेंजेस है वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन में बताऊंगा तो मैं वो सारे चेंजेस आपको बताते हुए पढ़ाते हुए समझाते हुए चलूंगा तो यहां से हम इसको क्लोज करते हैं आज का ये जो मेरा वीडियो है मैं आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत आने वाले कंटेंट्स, उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, उनके बारे में परिचित कराना था आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे द्वारा दिया गया जो नॉलेज है आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो जो है यदि आप एमएस ऑफिस पढ़ना चाहते हैं एमएस ऑफिस की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको कंप्लीट नॉलेज होगा कि आपको किस टाइप का वर्क करना है तो कौन से एप्लीकेशन को पढ़ना जरूरी है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक like करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद